नमस्कार मैं हूं अंकित श्रीवास्तव आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स अगेन इसमें मौजूद हूं जौनपुर में जौनपुर में, में आज नौ विधानसभा की मतगणना शुरू हो गई है लगातार रुझान आना शुरू हो गया है मैं अपने दर्शकों से दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार सा रुझान आ रहा किसके किसकी है टक्कर हर विधानसभा के बारे में अगर सदर विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ बीजेपी से गिरीश चंद यादव जी हैं जो राज्य मंत्री भी हैं योगी सरकार में और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अरसद खान अभी ताल ठोके थे दोनों में काठी की टक्कर दिखाई दे रही है जफराबाद विधानसभा की बात करें तो सुभाषपा और सपा गठबंधन में जगदीश नारायण प्रत्याशी बनाए गए हैं और बीजेपी से डॉक्टर हरण प्रसाद सिंह हैं जो सेटिंग विधायक भी, भी, भी हैं उनकी भी टक्कर काठी की दिखाई दे रही है मलनी की बात करें तो मलहनी में जे के प्रत्याशी धनंजय सिंह व सपा से लकी यादव जो विधायक वहाँ के उनकी काठी की टक्कर दोनों में दिखाई दे रही है साहगंज की बात करें तो शाहगंज में रमेश सिंह निषाद राज पार्टी और बीजेपी गठबंधन सहयोगी दल हैं उनको प्रत्याशी बनाया था सपा से जो है शलंद्र यादव जी हैं दोनों का टी टक्कर चल रही है और बात करें कैराकट विधानसभा की तो वहाँ से सपा से तूफानी सरोज दिनेश चौधरी को पीछे छोड़ दिए हैं वो भी काफ़ी मतों से आगे चल रहे हैं इस समय बात करें मड़ियाव से मरियाव पटेल और आर के पटेल जो अपना दल के हैं और सपा सुषमा पटेल है उनके भी काठिक टक्कर चल रही है मछली शहर की बात करें दर्शकों आपसे तो तो मेहिलाल गौतम जो बीजेपी से हैं और सपा से हैं रागिनी सोनकर वह भी लगातार दोनों में काठिक टक्कर दिखाई दे रही है मतगणना का भी दसवा ग्रहराउंड चल रहा है इस समय लगातार ये चल रही है अगर बात करें मुंगरा बासापुर की तो वहाँ से बीजेपी ने अजय शंकर दुबे उफ अज्जू को वहाँ से प्रत्याशी बनाया था और आ, सपा वहाँ से जो है पंकज पटेल को प्रत्याशी बनाया था दोनों में भी कांटे की टक्कर से लगा था कुछ कहा नहीं जा सकता किस प्रकार से क्या चलेगा अब बात करें जो है बदलापुर से बदलापुर से बीजेपी से हैं रमेश मिश्रा जो वहाँ की विधायक भी हैं और सपा से ओम प्रकाश दुबे बाबा वो भी कांटे की टक्कर दोनों लोगों में चल रही है लगातार हमारे साथ बने रही खबरों के सटीक विश्लेषण दिखाएगा द पॉलिटिक्स अगेन अंकित श्रीवास्तव जौनपुर